ईश्वर की, की प्रार्थना करने का क्या फायदा तुम तो उसकी दिल्ली जिंदगी की कदर करना चाहो तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानते क्या हो सारा कुछ नहीं लेकिन मुझे इतना मालूम कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम किसी दूसरे की नी देखो, तुम्हारे पास बच्चे सुनना पड़ेगा मुस्क रहो क्या पता कल होना हो, ना हो। oh, thought, कल होना